काजल तुम सिर्फ मेरी हो तुम्हारे और मेरे बीच में जो आया मैं उसे काट डालूंगा अबे है कौन ये काजल अरे यार कोई तो होगी बस मेरी है ये ना बता <laughs>